हेलो गाइस गुड मॉर्निंग और आप लोगों को कुछ बताना था कि आज वीडियो के एंड में एंड तक बने रहेगा आज आपको कुछ बताने वाला हूं मैं लास्ट के वीडियो के एंड में और चाय बन चुकी है और देख सकते हो और ये बन चुकी है चाय तो फिर पीते हैं चाय उसके बाद मिलते हैं आपसे देखो मुंह से धुआं निकल रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड है और आई होप सभी ठीक होंगे और चाय आ चुकी है तो चाय पी लेते हैं पहले और इसके बाद में हम आपसे मिलते हैं तो पहले थोड़ी सी पानी की नीड़ है तो पानी डाल देते हैं और वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा और फिर हम आपसे मिलेंगे और कुछ बताना भी है आज तो आज आओ सभी फ्रेंड चाय पी लो और चाय आज काफ़ी ज़्यादा बना दिए देख सकते हो आप जुलाश बढ़ दिए पहले आदि बनाए करते थे लेकिन धीरे धीरे जो मौसम ठंडा हो रहा है इसलिए चाय ज़्यादा बन गई कोई बात नहीं जितना होगा उतना पी लेंगे बाकी बच जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं तो हम मिलते हैं कुछ टाइम बाद में आपसे क्योंकि हमें चाय पीना है तो आज मौसम काफ़ी ठंडा है लेकिन सर्दी लग रही है तो हम भी आज मेरी गुड़िया को ले बैठे हैं और इसको मोबाइल दिखा रहे हैं क्योंकि ये रुक नहीं रही बार बार तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मोबाइल दिखाया जाए और ठंड भी आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है और सर्दी लगने की वजह से अभी इसको उठा के लेके आए अभी टाइम 10 बज रहे हैं मैंने सोचा यार जल्दी उठाएंगे इसको 5 बजे उठ के इसका दूध गर्म करके दूध पिला दिया इसको अगर इसको को नहीं पिलाते तो ये उठ जाती जल्दी तो इसीलिए इसको आज सुबह 5 बजे मॉर्निंग में उठ के इसको दूध पिला के फिर मेरा ब्लॉग मैंने यूट्यूब पर चढ़ाया था वो छः बजे आता आप लोगों को पता ही है तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको दूध पिलाया जाए ताकि ये नहीं उठेगी तो इसको दूध पिला दिया तो अब टाइम हो रहा है साढ़े दस का और ये अब उठ हुई है जाके तो हम इसको लेके कर बैठे ये देख सकते हो आप और अभी हम इसको दूध पिला के कंप्लीट फिर मैंने यार मैंने सोचा इसके पैर वेर गीले हो जाएंगे तो पानी की वजह से तो मैंने सोचा यार क्यों ना इसको बैठा लिया जाए और इसको यहाँ बैठाया हमने तुम्हारे पास ये देखो देखो रोने लग रही है अब सोच इसकी मम्मी बाहर चले गए ये देखो तो ये सोच रही है कि हम हम भी बाहर जाना चाहते हैं इसलिए इसको बाहर नहीं भेजेंगे आज सर्दी काफ़ी ठंड बहुत ज़्यादा है और आज मौसम में काफ़ी ठंड है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको पास मिलेगी देखो इसके आंखों में आंसू आ रहा है देखो कुछ टाइम पहले रोई थी ये क्योंकि इसके मम्मी के पास जाना था इसको इसलिए रो रही थी और इसके हाथ को देखना कैसे कर रही है? देखो देखो देखो देखो ये कैमरे को देख रही है कि कैमरा कैसे घूम रहा है बार बार इसलिए इसका मूड चेंज हो रहा है ये देखो ऊपर आप देखने लग गए वापस कैमरे में ये सोच रही है हमारी वीडियो बन रही है क्या है इसको पता नहीं जब ये बड़ी होगी जब पता चलेगा इसको कि इसके पापा रोज रेगुलर ब्लॉग बनाते उसमें इसका शूट होता था रेगुलर और इसके बारे में क्या क्या बोलता हूँ जो सब कुछ इसको पता चल जाएगा उसके बाद में अभी तो ये समझ नहीं पाएगी लेकिन जब भी देखना चाहेगी इसकी लाइफ के बारे में तो इसको रेगुलर पता चलेगा कि हमारा हम ऐसे बोलते थे मैं ऐसे बैठी रहती थी ऐसा होता था देखो आप सुन रही है क्या देखो क्या <laughs> क्या भाई जाल लगाया जने देखो तो रेगुलर इसको पता चलेगा जब देखेगी अपना लोग कि हाँ मैं ऐसे थी छोटी ऐसे करती थी ऐसा है ऐसा है जो भी मस्या वगैरह अब इसके हाथ को देखो ये मेरे साथ देखो क्या कहता है देखो देखो देखो देखो देखो देखो, देखो, देखो। तो चलते हैं कुछ टाइम बाद में दिखाएंगे आपको और भी जो भी होगा आज जो भी कार्य होगा चाय भी पी ली है हमने इसको दूध भी पिला दिया है और कंप्लीट हो चुका है बाकी सारा काम और अब जो भी ये टाइम पास जो भी जिनको कुछ करेंगे जो आपको दिखाएंगे और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो और वीडियो के एंड में आप लोगों को पहले भी बोला था मैंने कि आप लोगों को आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ तो आज पक्का कुछ ना कुछ बताऊँगा देखो तो इसके हाथ से देखो इसका हाथ को देखो देखो देखो देखो देखो देखो, देखो. तो आज कुछ बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में तो कमेंट करके जरूर बताना आप सबसे पहले कमेंट क्या करो और मेरे चैनल पे सभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बेलाइन घंटी को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली ब्लॉग मिलेगा आप लोग वो ऐसा नहीं है कोई भी दिन छूट जाएगा रेगुलर आपको डेली ब्लॉग मिलेंगे सुबह मॉर्निंग में छः बजे तो कमेंट करके जरूर बताया करो और लाइक से सब्सक्राइब ठोक के चले जाया करो आप जितने सब्सक्राइब करोगे और आपके लिए कुछ टाइम बाद में घीवे भी डालूँगा मैं तो घीवे में सरप्राइज यही है आप लोगों के लिए तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोगों के लिए कुछ अच्छा इसको आज कुछ खांसी भी लग रही है मेरे हिसाब से इसको दवाई लेके आएंगे मेरे हिसाब से सर्दी लग चुकी है इसको थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत लगी लेकिन लेके आ जाएंगी पड़ी वैसे हमारा कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेते आएंगे याद याद आ गया हमें चलो मिलते हैं कुछ टाइम मैं नेक्स्ट वीडियो प्राइज फाइनली हमारी जो मनोकामना थी वो पूर्ण हो चुकी है तो ये पहले खड़ी नहीं रह पाती थी तो आज काफ़ी टाइम में बाद में हमने ये सरप्राइज मिला है कि ये खड़ी रहने लग गई है और आज इसकी मस्तियाँ भी स्टार्ट हो चुकी है देख सकते हो आप लोग और ये अकेली खड़ी रहती है थोड़ा सा सहारा है बीत का बस बाकी नहीं है और धीरे धीरे ये खड़ा रहने लग जाएगी ये हमारे को पहली बार सरप्राइज मिला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग हमारा दिल भी खुश है और देख सकते हो आप लोग थोड़ा सा सहारा है बाकी ये खड़ा तो रह गई ये पहले ऐसे नहीं रहती थी बिल्कुल भी नहीं रहती थी आज थोड़ा बहुत भी है सारा लेकिन रही तो गई है घुम हेलो गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल तो आई होप भी बहुत अच्छी लगी अच्छी लगी, लगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा बेलैक्टी को प्रेस करिएगा ताकि हमेशा आप लोगों तक रोज के ब्लॉग लेकर आते रहेंगे और कमेंट